तोगा तो गाय तो हम आ गए हैं हम अपने होम स्क्रीन पे वीडियो का कृपया स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम चले जाते हैं अपना गैलरी पे देखा देते हैं कौन सा फ़ोटो हमको बैकग्राउंड चेंज करना है यहां देखिए गैलरी पे मैंने आ गया यहां पे देख सकते हैं आप ये मेरा फ़ोटो है इसी का फोटो का मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगा यहाँ देखिए स्नो बर्फ़ का ये है इसके पीछे बर्फ़ वाला है बैकग्राउंड इसको मैं हटा के दूसरा दिखाऊँगा तो सबसे पहले आ जाइए वो एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन से हमको ये हटाना है तो एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों पिकसार्ट यहाँ देख सकते हैं ये है पिकसार्ट पिकसार्ट क्लिक कीजिए अगर आपके पास पिक डाउनलोड नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया उससे आप डाउनलोड कर लीजिए तो दोस्तों पिकसार्ट पे क्लिक कीजिए पिकसार्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पर सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पर क्रिएट पर करेट जो नज़र आ रहा है करेट पे उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एडिट एप फोटो एडिट एप फोटो पे क्लिक कीजिएगा स्नो बर्फ है इस पे क्लिक कीजिए इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कट आउट नज़र आता होगा वही फ़ोटो है भैया देख सकते हैं आप कट आउट पर क्लिक कीजिए कट आउट पर क्लिक, क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखाई देगा शॉर्ट को ट्रिक पर्सन यहाँ दिखाई देगा पर्सन इसी पर क्लिक कीजिए पर्सन पर क्लिक करने के बाद जो जो रेड हो गया है वही रहेगा बाकी सब हट जाएगा समझ गए यहाँ देख सकते हैं नहीं विश्वासता है यहाँ आप देख सकते हैं देख लिए हट गए और यहाँ ऐसे करके हट गया कितना अच्छी तरह से हट गया दोस्तों अब इसको यहाँ से आप डायरेक्ट आप अपने गैलरी में लाइए गैलरी में लाने के बाद फिर उसी फ़ोटो का फिर उसी फ़ोटो का आप बैकग्राउंड चेंज करने के बाद नया बैकग्राउंड यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ कोई एक कलर ले लीजिए मैं एक कलर ले लिया इस पर मैं वो फोटो को लाता हूँ ऐड फ़ोटो पे क्लिक कीजिए थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करके ऐड फोटो पे क्लिक कीजिए ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद जो फ़ोटो हम बनाए हैं वही फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद ऐड कीजिए और यहाँ इसको थोड़ा जूम इन करिए जूम इन करिए थोड़ा थोड़ा जूम इन करने के बाद और थोड़ा जूम इन कीजिए ओह सॉरी और देखिए ये मेरा फ़ोटो तैयार है अब यहाँ सही का क्लिक कर दीजिए सही का बटन पे यहाँ पे इसको डायरेक्ट गैलरी में लाइए गैलरी में लाने के बाद दोस्तों आपका ये कंप्लीट है यहाँ आप देख सकते हैं आप सबसे पहले गैलरी में जाइए गैलरी में जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं एल्बम पे क्लिक कीजिए एल्बम पे क्लिक पर ऑल पर क्लिक कीजिए ऑल पर यहाँ देख सकते हैं वही फ़ोटो यहाँ है यहाँ देख सकते हैं ये फ़ोटो इसका मैंने यहाँ चेंज करके ये भर्जन लाया है ठीक है दोस्तों थैंक यू